अरे मोहर घर बर्बाद कर मैं का पियावत गु कहा मोते गाँव वाला कोने जीते पैस यार आ जाए ला लाठी लेके वो दस यार बहुत हत मैं कहा जाने की दस यार जीवर जाति बेच बेच के कीमत है बाऊ खराब है द जाल तोय बर्बाद करती हां जी चे या मैं बर्बाद है करके छोनी आवे द यार का बतावती हूं अच्छा मैं चलत जाऊं घरे आ गए तो मन सब पूछ होई थे कोई कौन सुसुजी का कौन से बुका थी हैं है। जरे चर बिछड़ गई का मैं तो आ इंतज़ार कर रखती ससुर सुहा हाँ, तो लड़का वो दिन ख्याल पूछे है ठीक ही आया तुम दोनों न सुधरिया तुम तुम जब लगे घर, जगा, जब घर जमीन तक आ, जब तक बेच न सुधरिया थी कितानी देर का रे ओ काए मां का हुई का है कायो देख चीज थी मोर पूरी जेब पर गायब हो गए माता कहां है हां हेलो हां पी दो का अरे मैं भाई यहां हूं तो ठीक है मैं रुक के ये तो यार या iPhone कहां से लेके आवा बोल भेज के ले जाओ पूरी जेब और जाती अरे मां तो मैं को सुना, मैं मैं मैं मामा धरो बेचिया शादी भी, भी है के करियो मोरी सहेली चमक दमक की होती है अब तो मैं बर्बाद अरे मत ले मैं, ना, मैं... अब पैसा खूब कमाई मैं तो चीजें सोना, चांदी, सब कुछ अब अब बताइयो देखियो लड़का लगी पैसा अब बताइय रामचंद्री का कि मैं कितना सर जाती हूँ तुम्हारा खले जीव न राली ने जब लग लड़का ना आका अब लग मुरी लग आए रही गोली याले गा जी और याले गा ए ससुबी सो ऐसे नहीं आए रे तोरे ऊपर मोर अरे मोई माफ कर दे आराम चंद अरे पापा मोई माफ कर दिया हम ये इस गलती दुबारा न करी हूं चल अम्मा देख मैं तुम्हें दिखाऊं देख, दिखा। देख आई फोन और पड़ी है मस्त मस्त बेटी हो देख देख देख देख बुड़ो आज लगे इस फोन ने देख कोई ये आज तो लोग जो गर्म में उठते रहते अगर तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लाइक जरूर कर लि ठीक है चलो फिर अगले वीडियो मिलते हैं जय हिंद